का एक दुकान है और उसको आप 10 सेकंड के अंदर ही मालूम कर सकते हो कि जो भी न्यूज आपके व्हाट्सअप नंबर पे फॉरवर्ड किया जा रहा है वो न्यूज सच है या फिर झूठे। आप लोगों ने सुना होगा डंगा के टाइम पे बहुत सारे न्यूज आप लोगों के पास आती है फॉर एग्जाम्पल एक कोरोना की टाइम पे भी आप लोगों के सामने बहुत व्हाट्सएप पे मीचे आया था इतने लोग मारा गया है है है इस तरीके तरीके का जो न्यूज़ वो सच या फिर झूठे चीज़ किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसके लिए जस्ट आपको इस व्हाट्सएप नंबर को आपको सेव करना होगा और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक करना होगा हाय लिख के और आपके सामने एक मेनू का ऑप्शन होगा इस मेनु पे क्लिक करके आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए करके यहाँ पे आप जो भी आपके पास डेटा है उसको अपलोड कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे 10 सेकंड के अंदर ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये न्यूज सच है या फिर झूठे तो फेक न्यूज से बच के रहो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो थैंक यू